या पानी कब पिए कितना पिए कैसे पिए क्यों पिए इस सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे क्योंकि इसका हमारी बॉडी की हेल्थ के साथ रिश्ता है ये देखिए बड़ी सारी रिसर्च हुई है ऑस्ट्रेलिया की मोनार्स यूनिवर्सिटी में मैं उसके भी कुछ ग्लिम्स आपको दिखाऊंगा क्योंकि पानी का रिश्ता हमारी हेल्थ के साथ है अगर पानी ढंग से नहीं पिएएंगे हम पानी प्रॉपरली ना पीने की वजह से कहीं का भी दर्द हो सकता है बॉडी में घुटनों का दर्द जोड़ों का दर्द वगैरह सिर का दर्द चक्कर आना कानों में गूंज आँख कान दांत इनकी कई सारी बीमारियों से पानी का रिश्ता है हिचकें आना हिचकियाँ में आती है पेट में कब्ज गैस एसिडिटी ये भी पानी कम ज्यादा पीने से इसका रिश्ता है। फिर कहीं की भी ब्लीडिंग होना नक्सी मुंह में छालेना इसका भी, इसका भी इसका है। और फिर भूख ना लगना और नींद ज्यादा आना सुस्ती शरीर में भारीपन थायरॉइड मोटापा यह भी इसका भी पानी के साथ रिश्ता है कम जा, ज्यादा पीने से तो पानी पॉइंट में आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पानी कब ना पिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है तो पानी का ये ध्यान रखना है कि एक तो खाना हमने खाना खाया है भोजन किया है, तो खाना खाते ही पानी ना पिए वैसे तो मैं एक एम बी डॉक्टर हूँ लेकिन मेरा आयुर्वेद में बड़ा इंटरेस्ट है चर संहिता में आया है कि भोज नानते विषम वारी अगर हमने खाना खाया और खाना खाते ही पानी पी लिया तो पाचक्रो नीचे बह जाएंगे फिर हमें खाने का फ़ायदा नहीं हो पाएगा इसी तरह से फल कई लोग फल खाते हैं और फल खाने के बाद एकदम पानी पी लेते हैं तो फल खा के भी एकदम पानी ना पिए उसे भी उसका एसिडिटी होगी और पच नहीं पाएगा इसी तरह शुशु करने के बाद भी एकदम पानी ना पिए क्योंकि हमारे स्फिंक्टर सारे सिकुड़े हुए होते हैं तो एकदम पानी पीने पीएंगे दिक्कत होगी फिर खड़े होकर पानी ना पिए कुछ लोग पड़े खड़े होकर पार्टी में खाना भी खाते हैं खड़े हो के पानी पीते हैं वो सब उसी से घुटनों में दर्द होता है और जोड़ों के दर्द का बहुत बड़ा कारण है इसी तरह से चलते चलते ही पानी ना पिए तसली से बैठ के एक एक घूट पानी को दो तीन सांसों में एक घूट पानी को पीना चाहिए हमें हमें ऐसा लिखा हुआ भी आया है कि ईट लिक्विड्स एंड ड्रिंक सॉलिड्स तो इस तरह से हम क्योंकि पानी की पीने के नियम तो कई हज़ार वर्ष पहले ही बनाए गए हैं तीन हज़ार वर्ष पहले चरय संहिता ने में दे दिए तीन हज़ार वर्ष पहले और फिर बड़े सारे धर्म गुरुओं गुरु ने भी इनको माना है पानी के नियमों को महसूस किया और इनको माना है चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो चाहे बौद्ध समुदाय के लोग हों जैन समुदाय के लोग हों सब ने इसका इसको फॉलो किया नियमों को तो इसलिए इनका जरूर पालन करें फिर पानी लेट के बिना पिए करवट से बिना पिए फिर पानी कब पिए एक तो सुबह उठते ही पानी जरूर पिए जिससे कि हमारा सारा बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए और बॉडी बड़ी ही दोबारा से उसमें एनर्जी आए चुस्त दुरुस्त हो जाए वाशिंग हो जाए बॉडी के अंदर से क्लींजिंग हो जाए फिर भोजन से गैप एक दो घंटे के गैप पर पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फिर जब पानी भी पिया हमने तो उसके बाद दोबारा पानी पीना वो भी थोड़ी देर के बाद क्योंकि पानी को भी पाचन होने में थोड़ा समय लगता है तो कुछ समय के बाद ही पानी पिए और दूसरा पानी तब ये जब हमारी नाक का बायासुर चल रहा हो जब बायां सुर चल रहा है इस हम बॉडी को पानी की नीड है वो समझें एक हम अपने यूरिन को देख के भी पानी की नीड समझ सकते हैं कि अगर हमारा यूरिन ऐसे नॉर्मल कलर का है फिर इस समय हमारे पानी की नॉर्मल ऑप्टिमम जरूरत है अगर हमने ऐसा ऐसा यूरिन आ रहा है इसका मतलब हमने ज़्यादा पानी पी लिया है और ये ओवर हाइड्रेटेड है बॉडी हमारी अब हमें नुकसान होने वाला है इसलिए हम पानी कम पिए एक अगर ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन है इसका मतलब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है यूजअली खाना खाने के बाद कुछ देर के बाद तो थो थोड़ा सा डार्क यूरिन आता है लेकिन अगर दिन भर हमारा कंसनट्रेटेड यूनिन आ रहा है इस समय हमारे डिहाइड्रेशन और पानी की आवश्यकता है तो दोनों ही बातों का ध्यान रखना है अंडर हाइड्रेटेड भी ना रहे ओवर हाइड्रेटेड भी ना रहे ये ध्यान रखना है दूसरा फोर्टी परसेंट पानी जो पीना है हमें ब्रेकफास्ट तक के टाइम में पीना है 40 परसेंट टाइम पानी लंच तक के टाइम में पीना है और शाम को केवल 20 परसेंट पानी पीना है जिससे कि हमें बार बार शिशु करने ना जाना पड़े और दिन भर की फिजिकल एक्टिविटी के समय में ही हमारा मोस्ट ऑफ़ द टाइम पानी यूज़ हो जाए वो ज़्यादा छेगा फिर पानी क्यों पिए तो बॉडी की जो हर सेल है उसके नीड है पानी जो हड्डियाँ में सूखी सूखी नज़र आती हैं उसमें भी थर्टी पानी है तो पूरी बॉडी की हर सेल पानी में लगभग डूबी रहती है हर सेल को पानी की जरूरत है तो पूरी बॉडी की क्लींजिंग पानी से होती है पानी बहुत बड़ी वहकिल है शरीर के लिए एक सवारी है जिसमें कि सारी टॉक्सिन भी वाश आउट होते हैं और भोजन भी पहुंचता है शरीर को कि अब बाकी कितना पानी पिए देखिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि खूब पानी पिया खूब पानी पियो खूब पानी पीवा जो किसान लोग हैं जो मेहनती लोग हैं जो मज़दूर लोग हैं जो स्पोर्ट्स मैन है जो जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं जो रनिंग करते हैं तो उनको खूब पानी की आवश्यकता है वो पानी अच्छा पिएएंगे जिनकी बॉडी की नीड ज़्यादा है यूजली मेल्स को थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए होता है फीमेल्स को थोड़ा कम पानी सी होता है लेकिन जो मेरी तरह जैसे मैं यूजली ओपडी बैठ के देखता हूँ ओपडी में तो कोई डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं जिनका काम है उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ऑफिस में काम है या जो क्लर्कल जॉब का काम है तो वो भी बैठ बैठ के कई बार ऐसे पानी पीते रहते हैं बार बार बॉटल ऐसा ना करें पानी को Uh, सीमित समय में मैं जो मेरे पापा हैं 90 इयर्स के हैं 100 परसेंट हेल्दी हैं किसी तरह कोई बीमारी नहीं 10 किलोमीटर की डेली वॉक करते हैं डेली सुबह योगा भी करते हैं दो ढाई घंटे चार घंटे तो कभी कम कभी ज़्यादा तो वो बड़े हेल्दी रहते हैं उनके जो पापा उनके जो गुरुजी थे रुद्रमणि जी खरल में थे जींद जिले में हरियाणा में तो वो वो दिन में एक दो बार ही एक बार खाना खाते थे और एक या दो बार ही पानी पीते थे और एक या दो बार ही शिशु पोटी करते थे 90 इयर्स तक वो हेल्दी रहे और उनके जो पोते हैं वो अभी भी दिल्ली में हैं तो इसलिए वो बड़े हेल्दी थे अगर हमारा खाना सिंपल है अगर हमने हरी सब्जियां खिचड़ी दलिया रोटी दाल ऐसा सिंपल खाना खाया फिर हम ज़्यादा पानी क्यों पिए तो फिर तो हमें मैं तो गर्मियों में भी चार पाँच या छः बार पानी पीता हूँ और ऐसे नहीं तो बार बार ऐसे पानी पीने की आवश्यकता नहीं है दूसरा अगर किसी ने जंक फूड खाया, खाया है ये चार वाइट पाइजन खाए हैं ज़्यादा चीनी ज़्यादा नमक ज़्यादा मैदा ये देखिए तो पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी या किसी ने तलीभुनी चीज़ खाई है गलत खाना खाया है तो उसमें भी या नॉनवेज ज़्यादा खाया है तो उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ सकती है इससे फिर बॉडी की एजिंग प्रोसेस बढ़ जाती है बॉडी समय से पहले बूढ़ी हो जाती है अगर हम जंक फूड ज़्यादा एसिड वाला भोजन लेंगे और ज़्यादा हम पानी पिएंगे उससे हमारी बॉडी की एज एजिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है उसे हमें नुकसान होता है हमारे ज़्यादा एंजाइम्स, हार्मोन्स और केमिकल्स यूज होते हैं साल्ट यूज होते हैं तो इसलिए सीमित मात्रा में उपयोग करें तो अच्छा रहेगा आ, क्योंकि मेरे मैंने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया है पानी की ओप्टिम मात्रा लेके और खाना सीमित संतुलित भोजन लेके मेरा बॉडी बड़ी हेल्दी रहती है मैं पिछले 15 साल से गर्मियों में भी मच्छरदानी में बाहर सोता हूँ बालकनी में 15 साल से मेरे पंखा कूलर एसी यूज़ नहीं किया पूरी गर्मियों में जितनी मर्जी गर्मी हो मैं मोसूटन एडमिट होता हूँ तो वो तभी पॉसिबल है जबकि मेरा खाना बड़ा संतुलित है तो अगर खाने में ज़्यादा एसिड होगा तो फिर हमें गर्मी ज़्यादा लगती है फिर हमें पंखे ए कूलर का उपयोग करना फिर कैसा पानी पिए तो उसका टेम्परेचर कैसा हो तो मैं तो चाहता हूँ कि गर्मियों में भी मटकी का पानी पिए तो ज़्यादा चलेगा। फ्रिज का पानी ना पिएँ पानी का टेम्परेचर तो थोड़ा सा हमारी स्किन से मिलता जुलता ही होना चाहिए अगर उससे ज़्यादा ठंडा पानी होगा वो वो भी नुकसानदायक है अगर कुछ लोग बड़ा गर्म पानी सिप सिप करके पीते हैं जैसे चाय की घूट पी रहे हो तो उससे भी दिक्कत होती है तो इसलिए बचें ऑप्टिमम टेम्परेचर तो हमारी स्किन वाला टेम्परेचर है फिर फिल्टर की जहाँ बात है तो हो सके तो जब तक की टी बहुत ज़्यादा नहीं है तब तक के लिए मैकेनिकल फिल्टर का यूज़ करें और आप आरू का उपयोग करने से बचें उसे टी डी डिस्टर्ब हो जाता है अगर बहुत ही ज़्यादा नहीं है तभी आर का पानी का उपयोग करें फिल्टर के पानी का उपयोग करने कैसे पिए पानी घूंट घूंट तो करके पिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा धीरे धीरे करके फिर किस में पिए पानी तो जितना हो उसके कॉपर वैसल यूज़ करें करेंगे तो अच्छा रहेगा ताबे के पानी का या फिर मिट्टी के मटके का पानी का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जितना उसके प्लास्टिक की बोतल वगैरह में ज़्यादा पानी ना पिए इमरजेंसी के लिए कभी कभार यूज़ करना पड़े तो अच्छा है ऐसी चीज़ों का नियमों का ध्यान रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम ज़्यादा पानी पीएंगे तब क्या दिक्कत होती है अगर हम ज़्यादा पानी पियएंगे तो हमारी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन है चाहे हार्ट है चाहे किडनी है चाहे लंग्स है सब एक्स्ट्रा बर्डनड हो जाते हैं तो ज़्यादा पानी अगर पीएंगे तो हमारे जो सलाइवा है जो मुंह की लार है और जो हमारे गैस्ट्रिक जूस है ये मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो वो उसको पचा नहीं पाएंगे भोजन को अगर हमने ज़्यादा पानी पी लिया, तो हमारे पाचर बस फीके पड़ जाएंगे ऐसे ऐसे फीके उसे देखिए हम करेंगे तो गलेगा नहीं काफ़ी देर तक बिस्कुट ये है नॉर्मल जब हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं तो हमारी पाचक से सलेवा का ही नॉर्मल स्ट्रेंथ है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो नॉर्मली ऐसे थोड़ी देर के बाद ये बिस्कुट पच जाएगा और अगर हम ज़्यादा ओवर कंसनट्रेट बहुत देर से पानी नहीं पिया हमने तो तो पाचक से ज़्यादा एसिड ज़्यादा बन जाएगा बॉडी के अंदर और उससे तुरंत वो चीज़ गल के उस की जो मेम्ब्रेन है वो भी गल जाएगी जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं ये देखिए स्टमक की मेम्ब्रेन है ये ये इसमें वो होता है फिर एसिडिटी होती है यहाँ पे भी एसिड ज़्यादा रिएक्ट करता है फिर अगर हमने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया तो पानी समय समय पे अवश्य लेते रहें ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ लगती है देखने में लेकिन बड़ी कीमती है अगर हम पानी घूट घूट करके पियेंगे तो पानी हमारी लार से मिलके फिर अंदर जाएगा बॉडी में तो पानी एक बफरिंग एजेंट भी है जो कि एसिड और बेस से बचाव करता है ये ध्यान रखें और गर्मियों में तो पानी के हमारे तरल पदार्थों को पूरा करने के लिए जैसे नारियल पानी है छाछ है नींबू पानी है या बेल शर्बत का पानी इन चीज़ों का भी हम उपयोग कर सकते हैं ये भी एक तरल पदार्थ हैं तो इससे हम बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं तो जितना ऑप्टिमम आप अपने नीड समझ सकें उतने उसके हिसाब से पानी का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें ब्लाइंडली हम एक चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते बाकी मैंने तो बड़ी ऐसी ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उस पर सारी वीडियोज देखें और मैं हर संडे को शाम को लगभग चार से पाँच या साढ़े से पाँच यूट्यूब पर लाइव भी होता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उसमें भी अवश्य जुड़ें तो अभी मैं लाइव भी हूँ हर संडे को लाइव होता हूँ बाकी कोई दिक्कत हो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स करें मैं चाहता हूँ इस पूरी वीडियो को देखें क्योंकि ये हर एस्पेक्ट्स चाहे बच्चा हो मिडिल एजेड हो या ओल्ड एजेड हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये फ़ोन नंबर करके कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में डालें थैंक यू